क्रिकेट 19 कैसे डाउनलोड करते हैं तो हम चलो शुरू करते हैं बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें आ गई थी इंस्टाग्राम पे कि भैया हमें बताइए क्रिकेट नाइन्टीन कैसे डाउनलोड करते हैं तो हमने वही सोचा सबको बताएंगे कि क्रिकेट 19 ये गेम काफ़ी अच्छा गेम है कैसे डाउनलोड करते हैं कहाँ से हमें रजिस्टर करना है कहाँ से परचेज करना है ये पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा अभी चलिए लेट स्टार्ट वीडियो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ताकि कोई मिस नहीं करे और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है वीडियो के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा तो दोस्तों हमें आना है सबसे पहले गूगल पे यहाँ पे गूगल पे हमें सर्च करना है स्टीम अकाउंट और ये हमारे स्टीम ओपन हो गए स्टीम की वेबसाइट यहाँ से इंस्टॉल स्ट्रीम करना है और हमारे पीसी में इंस्टॉल कर देनी है इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है दोस्तों और यहाँ पे जॉइन स्ट्रीम करके हमें यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है ईमेल आईडी और अपना यूज़र नेम डाल के ये बिल्कुल फ्री है मैं मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है स्टीम और इंस्टॉल भी हो चुकी है मेरे स्टीम डाउनलोड हो जाने के बाद हमें स्टीम ओपन करनी है यहाँ से डेस्कटॉप पे उसका आइकॉन आ जाता है ये मेरा स्टीम अकाउंट है यहाँ पे अगर आपने लॉग नहीं किया तो पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन आता है उससे लॉग करना है ईमेल मेल और पासवर्ड डाल के और यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे सर्च करके जगह है यहाँ पे सर्च करना है हमें क्रिकेट नाइनटीन क्रिकेट सर्च करते ही क्रिकेट नाइन्टीन कहाँ जाएंगा यहाँ पे और यहाँ पे हमें नीचे आना है यहाँ पर गेम के बारे में पूरी डिटेल हमें दी गई है क्रिकेट नाइन्टीन हमें यहाँ पे डाल रहे और यहाँ पे और भी गेम है एश वगैरह क्रिकेट कैप्टन ट्वेंटी ट्वेंटी डॉट बैडमिट क्रिकेट हमें लेना है क्रिकेट नाइन्टीन इसके ये एक अच्छा गेम है अच्छे ग्राफिक्स है काफ़ी सारे हम टीम भी डाउनलोड कर सकते हैं रियल टीम और इसकी वैल्यू यहाँ पे नाइन फिफ्टी है यहाँ पे ऐड टू ग्रा कार्ड करके हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे डेमो भी ले सकते हैं अगर हम डेमो लेना चाहेंगे तो डेमो भी लेके देखें और यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है जो मिनिमम है और रिकम रिकमेंडेशन है मेरे ख्याल से मिनिमम सिस्टम पर गेम अच्छा नहीं चलता है मैंने भी चला के देखा है पहले लेकिन इतना खास नहीं चलता है अगर आपके पास मिनिमम सिस्टम होंगी तो आप मत लीजिए ये गेम अगर आपके पास अच्छी सिस्टम होती तभी परचेज़ कीजिए ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं तो आप ये गेम खेलते खेलते बोर हो जाएंगे सिस्टम अच्छे चाहिए इस गेम को बाकी कुछ नहीं और भी गेम हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं ये हमने क्रिकेट कैप्टन ट्वेंटी ट्वेंटी देखा है लेकिन इसके ग्राफिक्स को खास मुझे ख़ास नहीं लगे फाल्टू ग्राफिक्स से और यहाँ पे हम जे भी देख सकते हैं पर जी के एजली में डेटी नहीं इसलिए हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है अगर आपके जेटीन के काम है तो आप ये गेम नहीं खेल सकते GTA काफ़ी फेमस गेम है यहाँ पे YouTube पे भी टेक्नो गेमर्स खेलने वाले खेलते हमेशा ये गेम यहाँ पे गेम आ गया है लेकिन इससे स्ट्रीम इस से ये गेम मत लीजिए क्योंकि ई पी एक डाउनलोड कर फ्री में देंगे ये गेम पहले भी ई ने फिर भी में दे दिया था हमने भी लिए थे और बहुत लोगों ने ले लिए थे अभी इस बार भी फ्री आने वाला है जी तब मैं आपको बता दूँगा कब आने वाला है तो ऐसे करके हम ये गेम डाउनलोड कर सकते हैं आपको अगर कोई दिक्कत जाती है इस गेम में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करूंगा यहाँ पे मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ कहीं से हम रियल टीम डाल सकते है कैसे कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं बहुत कुछ आईपीएल भी डाल खेल सकते इसमें रियल पेसेस यहाँ पे बहुत सारे और यहाँ पे जिसको जिसके पास जहाँ कीम बैड नहीं है उस आपकी बोर्ड से भी गेम खेल सकते हैं अगर आपके पास नहीं होगा, उसके भी वीडियो में अलग से वैक बना दूँगा और आप गेम इन्जॉय कीजिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो thank you i've been looking forward to this match it should be a cracker heading down to the middle now for the toss The home captain wins the toss and will have a ball.